वो अपना बार तो बहुत लगा है। जलियान पनिए दाम कुल भगा जाते हैं ना, कल थे एक पाहने वाला कहे पानी गया यार यार खाल पड़ा तो नहीं नहीं। अगरल, है चलो जाए सीधे तो मशीन से पानी ए कुलवोना आरा, कहे बनकथन जाए दे तालो तलो को बोल दिया धानवा जनों ऊपर नीचे तक बाट रहे हैं महाराज महाराज जाए का भाव तो इस पर जिए पल्ला वो कहे तोका चार गए पूरा भरयो भर जाए ना का लेकर तेज जात रहा नजनाई के बुढ़ो जी बचली गया ने लामा है हां चार एकड़ हमारा के हो गया अरे ठाकुर मशीन दिया और 10 तक उनके पानी उनको ऊपर ऊपर ना चढ़े तो मतलब गांव भाई ये भैया गोड़वा वही उठने आए के अब गिर पड़ी अब मरा जाए